भोपाल में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है इस बीच ब्राह्म नदी की घटना सामने आई है जहां उफनते रप्ते को पार करने के प्रयास में पिता और पुत्र बह गए हालांकि कुछ दूर तक बहने के बाद दोनों तैरकर बच गए राजधानी में भारी बारिश का दौर जारी है लोगों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस बीच बैरसिया की ब्राह्म नदी की एक घटना सामने आई है उफनते रफ्टे को पार करने की कोशिश करते समय पिता और पुत्र बह गए हालांकि काफी दूर तक बहने के बाद दोनों तैरकर बच गए इस दौरान बाइक पानी में बह गई जिसकी तलाश जारी है बताया जा रहा है कि गोडिया गांव निवासी चंपलाल कुशवाहा अपने बेटे के साथ अपनी ससुराल बिरहा श्याम खेड़ी गए थे वहीं बिरहा श्याम खेड़ी के ही राजा रामपाल भी इसी उफनते रपते से बाइक निकालने के चक्कर में बहते बहते, बहते बचे